दोस्तों इस वीडियो में मंगलवार के कुछ चांस हैं देख लेना जिन भाइयों को लगे तो जो लोग नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो ये है काला सोना इसमें आठ और चार दिया हुआ है एट्टी एट्टी फाइव और फोर्टी की जोड़ी है ठीक है तो पंद्रह तारीख में एक चांस ये है ठीक है दूसरा चांस ये है जो कि मिलन और राजधानी नाइट के लिए रहेगा जिसमें दो और सात है ठीक है ये आज का चांस है पंद्रह तारीख भाग्य लक्ष्मी जिसमें एट और फाइव है आज जोड़ियों में से फिफ्टी टू पलटी हुई है टू और फाइव पास हुआ है कल का चांस भी है देख लेना जिस भाई को पसंद आए ऐट और फाइव दिया हुआ है ठीक है इसके साथ ही ये मेन मुंबई के लिए चार और नौ है रात्रि बाजार के लिए काला सोना ठीक है एक ये पूरे सप्ताह अलीबाबा चार्ट है पंद्रह तारीख नौ और दिया हुआ है दो अंकों में इसके साथ ही ये कल्याण गाइड है पूरे सप्ताह भर का चार्ट है जिस भाई को पसंद हो स्क्रीनशॉट ले वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है सब निःशुल्क है यहाँ पर ठीक है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में साप्ताहिक चार्ट अपलोड करूँगा और कुछ न्यूज़पेपर जिन भाइयों को ज़रूरत हो देख लेना अपने हिसाब से